भी फाइनली अभी नहाया धोया भी नहीं और निकलता चलता हो यहाँ पे गाड़ी लेके खड़ा भाई भी आ आगे तो चलते अभी यहाँ से गाड़ी निकाल बाई निकल लिए हम लोग पीछे रहे हैं यहाँ से ये देखो भाई साहब गाड़ी चला रहे तो भाई साहब का सकल का टोकड़ा तो बहुत जिगड़ गया इसका अलग से वीडियो बना के डालूंगा हमें बहुत ही मतलब इसको इतनी ज़्यादा चोट लग गई जितना हम लोग चोट भी नहीं सकते मतलब बीस तीस की स्पीड में इतनी चोट नहीं लगती जिस तरीके से इसको चोट लगी तो भी ये गाड़ी अभी अभी तो भी चोट लगने के बावजूद भी ये बंदा इतनी अच्छी गाड़ी चला रहा है तो सोच भी मैं हूँ अभी थोड़ा कैमरा हिल रहा है या फेस दिख रहा है मुझे नहीं पता और बैक कैमरे से बना रहा हूँ आगे वाला कैमरे में तो प्रॉब्लम आ गई तो है तो अभी चलते ड्राइविंग करना उधर मिलते हैं ग्राउंड के बाहर तो चलते है ना यहाँ पे मेरे बात में जिक्र है ना तो मतलब लोग वहाँ पे खेलने के लिए नहीं ले ले रहे हैं अगर कुछ मारपीट हो गया तो उसके लिए सेफ्टी के लिए ले लेके जा रहे यहाँ अभी ग्राउंड में नहीं फाइनली यहाँ पे ग्राउंड के बाहर पहुँच गए और अभी तो मैच स्टार्ट नहीं हुआ है आपको मैं दिखाता हूँ थोड़ी देर में तो अभी मैच स्टार्ट नहीं हुआ और जिस जिस को मैच देखना है की पूरा अच्छे से कैसे हो रहा है इधर बहुत गर्मी हो रही है और जिस जिसको मैच देखना है अच्छे से कैसे क्या हो रहा है तो लाइव में जाके देख लेना वहाँ पे कम से कम तीन से चार घंटे का पूरा लाइव रहेगा और अभी जस्ट हो गया उठा इसलिए फेस ऐसा लग रहा है बाल भी थोड़ी ख़राब है तो अभी मैं थोड़ा दिखाता हूँ कैसा है। देखो इन लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं बहुत सारे लोग यहाँ पे कितना दस टीम खेल रही है और दस टीम में कितना छः बज जाएगा शाम को अभी दस बज रहा है दस साढ़े बजे इन लोग स्टार्ट करेंगे तो अभी आपको मैं दिखाता हूँ कैसा अभी लोगों का प्रैक्टिस हो रहा है ज वहाँ पे बहुत धूप है और इसलिए मैं आके छांव में खड़ा हो ये देखो ये पूरी टीम यहाँ पे खेल रही है अभी प्रैक्टिस कर रही है सब लोग देख रहे हो प्रैक्टिस कर रहे वो अपना स्टेज है वहाँ पे मैं बैठ के लाइव करूँगा तो अभी कुछ सोचा नहीं है अभी देखते कुछ रहेगा फिर उसी हिसाब से मैं आपको नया अपडेट दूँगा और जिस चीज़ को कुछ अपडेट चाहिए ये वीडियो से रिलेटेड तो फिर मैं लाइव तो आऊँगा ही आऊँगा और साथ में इंस्टाग्राम पर रियाज करके मेरी आई है उस पर जाके फॉलो करो और नई अपडेट वहाँ पर आपको मिल जाएगी सुबह मैच मैच स्टार्ट हो गया और हम लोग काफ़ी देर से यहाँ पे वेट कर रहे थे मैच स्टार्ट नहीं होता ग्यारह बजे साढ़े ग्यारह बजे मैच स्टार्ट हुआ है और अभी खेलना स्टार्ट किया और जैसे जैसे जो खेलेंगे और अभी जिसको भी पूरा अच्छे से देखना जो क्रिकेट लवर है और लाइव में थोड़ा तो सा ब्लर आ गया कैमरा थोड़ा प्रॉब्लम कर रहा था तो कैमरा अच्छा नहीं था उस हिसाब से तो वीडियो नहीं शूट हुई तो जो भी हुई है आप जाके देख सकते हो आराम से और जिस जो भी हारा हुआ है जो ये ब्लॉग देख रहा है अगर वो हारा है और उसको लगता है मेरी गलती नहीं थी वो जा कर लाइव में चेक कर सकता है एक एक प्रूफ है उसके लिए तो वीडियो अच्छी लगी लाइक कमेंट से और चैनल का नया हो तो सब्सक्राइब करो और ब्लॉग बहुत